हाथ जोड़ो महाराज। एक दिन बस चलते-चलते आया कुछ तो मेरे साथ वो सवाल जिनका जवाब आज हर दिमाग लग गई थी दिल में आग चलता गया मैं आगे बस उन शब्द के अंगारों में जो दे सके जवाब मेरा एक बस हजारों में वो शब्द जो सितारे थे चला मैं आगे अब तो उनकी खोज में मिला मैं मुश्किलों से जब मेरी जिंदगी थी मौज में चलता गया मैं आगे अब वो रास्ता था खाली बिजली भी कड़क रही और रात थी वो काली मैं सोच में था पड़ गया रास्ते का अंत है या नहीं जवाब देने वाला मेरा कौन है यहाँ पे साथ देने वाला मेरा कौन है यहाँ पे चारों तरफ दिख रही मौत है यहाँ पे बचा सकेगा वो अब जिसका राज है जहाँ पे जवाब देने वाला मेरा कौन है यहाँ पे साथ देने वाला मेरा कौन है यहाँ पे चारों तरफ दिख रही मौत है यहाँ पे बचा सकेगा वो अब जिसका राज है जहाँ पे मैं आगे रात सुन थी वो बात सुन शान गुंजी एक आवाज जो हिला दे मेरे कान, से भी लू मैं आज एक कलाकार और ये जान पर बाद पूरी रात सुन शान थी वो बात अन जान सबसे ऊपर मान और मैं दे रहा सम्मान कर दो राज दान। का सवाल है ये मौत की क्या आदत है मौत की ये आज है, वो लगती सबको आफत है है है किसी को ना इजाजत ये शब्दों वाले कागज़ कागजों पे आके अपने नाम लिख के जाओ और जो समझे वो अमर है कोई उनको तो बताओ उनको मौत से मिलाओ ना मौत तो दिखाओ ना कैसे मैं दिखा दूता इन विजिबल जिसने देख लिया मौत को उसकी अर्थी को उठाओ ना अफवाह ये उड़ाओ ना दिख रहे गॉड पीछे उनके फॉग तुझको दिख रहा डॉग और दिल में तेरे खौफ खौफ को निकाल दे तू बात मेरी मान ले तू बालक मुझसे थोड़ा ज्ञान ले तू शब्दी बैठेगा तो लोग देंगे ताने। तू लगता लोग डाले दाने। साल का तू हो गया कमा ले चार आने साम्राज्य मेरा छोटा फिर भी प्रजा महाराज मुझको माने जनवरी ट्रैक के रह गए तीन गाने जवाब देने वाला मेरा कौन है यहाँ पे साथ देने वाला मेरा कौन है यहाँ पे मौत है यहाँ पे बचा सकेगा वो अब जिसका राज है जहाँ पे दरबार ठगे